हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में और इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर उसे देखना और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन भी दबा लेना तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हमारे एक मित्र हैं उनका नाम है दिनेश मेहरा और उनका एक YouTube चैनल है गेमिंग अगेन वाई के नाम से तो उनके YouTube चैनल पर तीन लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके थे लेकिन उनको सिल्वर प्ले बटन नहीं मिल पा रहा था तो वो एक दिन मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि उनके तीन लाख सब्सक्राइबर हैं लेकिन उनको सिल्वर प्ले बटन नहीं मिल पा रहा है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उनको सिल्वर प्ले बटन क्यों नहीं मिल पा रहा था और खुशी की बात यह है कि अब उनको सिल्वर प्ले बटन मिल जाएगा मैंने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है उनका सिल्वर प्ले बटन कुछ ही दिनों में उनके पास आ जाएगा तो अब मैं आपको बता देता हूं कि उनको सिल्वर प्ले बटन क्यों नहीं मिल पा रहा था जो गलती उन्होंने अपने चैनल पर कर रखी थी अगर वो गलती आप अपने चैनल पर करेंगे तो आपको भी सिल्वर प्ले बटन नहीं मिलेगा इसलिए उन्होंने जो गलती कर रखी थी वो गलती मैं आपको बता देता हूँ उस तरह की गलती आपको अपने YouTube चैनल पर कभी नहीं करना है तो दिनेश मेहरा का जो YouTube चैनल है उस चैनल पर वो गेमिंग वीडियो अपलोड करते हैं और उनके तीन लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं लेकिन वो क्या करते थे जब भी अपने यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करते थे तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो बहुत सारे टेग लगा देते थे मतलब वो अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे कीवर्ड लगा देते थे तो अगर आप अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे कीवर्ड लगा देते हैं तो YouTube इसको मिसलीड करना मानता है और आप अपने YouTube चैनल पर मिसलीडिंग करेंगे तो आपको सिल्वर प्ले बटन नहीं दिया जाएगा तो ये जब भी सिल्वर प्ले बटन के लिए अप्लाई करते थे तो इनकी रिक्वेस्ट को हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता था और इनको सिल्वर प्ले बटन नहीं दिया जा रहा था तो मैंने क्या किया कि इनके चैनल पर जितनी भी वीडियो हैं उन सभी के डिस्क्रिप्शन को मैंने क्लियर किया मतलब इन्होंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टैग लगा रखे थे वो मैंने हटा दिए और उसके बाद मैंने यूट्यूब टीम से चेट पर बात की तो चैट पे बात करने के बाद YouTube ने इनको सिल्वर प्ले बटन देने के लिए हाँ कर दिया क्योंकि इनको सिल्वर प्ले बटन कभी का मिल चुका होता लेकिन इनके चैनल पर मिसलीडिंग हो रही थी इसलिए नहीं मिल पा रहा था तो पहले तो मैंने मिसलीडिंग को हटा दिया और मिसलीडिंग को हटाने के बाद सिल्वर प्ले बटन के लिए दोबारा अप्लाई किया तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अभी YouTube ने इनके सिल्वर प्ले बटन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और कुछ ही दिनों में इनको इनका सिल्वर प्ले बटन मिल जाएगा तो अगर आप भी अपने चैनल पर मिसलीडिंग कर रहे हैं तो आपको सिल्वर प्ले बटन नहीं दिया जाएगा इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है और अगर आपको भी सिल्वर प्ले बटन मंगवाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं मैं आपको सिल्वर प्ले बटन दिलाने में आपकी हेल्प कर दूंगा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं और आपकी यूट्यूब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर से करना और इनके चैनल का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप चाहे तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और भाई को सिल्वर प्ले बटन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन अब इनको इनका सिल्वर प्ले बटन बहुत ही जल्दी मिल जाएगा तो आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जब इनका सिल्वर प्ले बटन इनके पास आ जाएगा तो ये अपने चैनल पर सिल्वर प्ले बटन की अनबॉक्सिंग करेंगे तो इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर से करना तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद थैंक यू सो मच